सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी चैनल को और इस को नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। के, के लिए। राशि कैसा रहेगा फरवरी का महीना जानते हैं इस वीडियो में जय महाकाल दोस्तों आपका है पंडित जी चैनल पर व्यवसाय में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे बढ़ते पुरुषार्थ से आतंबल विकसित होगा परंतु आवास संबंधी योजना बनी रहेंगी माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी और यात्रा पर भी खर्च अधिक होगा इस वीडियो में इतना ही अगर आपकी राशि कोई और है तो हमारे चैनल में विजिट अवश्य कीजिएगा अगर आपके कोई विचार अथवा सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज पेस्थ लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें क्योंकि प्रतिदिन वहाँ हम पोस्ट करते रहते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जय महाकाल